फ्री फायर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई भी अब इस गेम को खेलना नहीं चाहता आप फ्री फ्री वीडियो गाइस। और जैसे ही फ्री फायर वापस वापस आएगा तब हम फिर से खत्म है भाई, फ्री फायर खत्म है दोस्तों कौन कौन बताओ यार इतना, इतना कौन खेलेगा यार? में एक हफ्ता ऐसी बंद कर दिया हूँ क्यूँकी पहले जैसा मजा नहीं है मानते तो वापस